कहानी अंगूर खट्टे हैं। एक लोमड़ी भूख के कारण जंगल में भटक रही थी वो फटकते फटकते अंगूर के बगीचे में पहुंची अंगूर को देखते ही लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया वो अंगूरों को उछलकर खाना चाहती थी लेकिन वो अंगूरों तक नहीं पहुंच पाई इस प्रकार वो अंगूर खाने से रह गई और वो जाते जाते कहने लगी अंगूर खट्टे हैं